एक इंटरव्यू के दौरान रतन टाटा जी से पूछा गया आपके होते हुए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अम्बानी जी कैसे हैं? इस पर रतन टाटा जी ने कहा कि मुकेश अम्बानी एक बिजनेसमैन मैन है और मैं एक उद्योगपति हूं। मैं नहीं चाहता कि हमारा देश इकोनॉमिक सुपर पावर बने मैं तो चाहता हूं की हमारा देश खुशहाल बने दोस्तों आपको रतन टाटा जी के इन विचारों को जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा